ठीक है दूसरे वीडियो पे हम आ चुके हैं यहाँ पर हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पंद्रह स्टॉक्स कवर कर लिए थे तकरीबन एशियन पेंट्स तक अब बात करेंगे एस्ट्रल लिमिटेड्स की जो इस वीडियो में नए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ कि फ्यूचर के सारे स्टॉक्स मैं टेक्निकल एनालिसिस में कवर करने वाला हूँ तो ये दूसरा पार्ट है एस्ट्रल लिमिटेड की आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको अपडेट आ जाए नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं अपलोड करूं वीडियो का नमस्कार मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में अस्ट्राल में अगर देखा जाए तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन रहा था फॉलिंग वेज ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है ब्रेकआउट देने के बाद चार कंटिन्यूसली वीकली कैंडल पॉजिटिव में बना चुका है अभी अगर हम डेली कैंडल चार्ट में देखें तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा यहाँ पे टू में ट्वेंटी क्रॉस हो रहा है प्राइस में ऑलरेडी उछाल के नीचे आके फिर से एक ग्रोथ देखने के लिए मिल चुका है डेली कैंडल चार्ट में अगर 2100 का लेवल पार कर देता है 2110 का तो एक नया हाई बनाने की कोशिश करेगा यहाँ पे हो सकता है 2220 और वहाँ पर कुछ रिट्रेस होके फिर से लाइफ टाइम हाई में जो आपको गया था 2530 सौ वहाँ तक जा सकता है अवर्ली कैंडल चार्ट में देखेंगे क्या पैटर्न बना रहा है पूरा क्लियरली पिनट पैटर्न बना रहा है पिनट पैटर्न या सिमेट्रिक ट्रायंगल बोलते हैं इसको यहां पे ब्रेकआउट दे चुका है तो आप अगर बाय कर रहे हैं पोजिशनल कुछ दिनों के लिए मेरा पॉजिटिव ट्रेंड में अभी फ्लैट रह सकता है एक दो दिन लेकिन जैसे ही ये हाई जो है इसको तोड़ेगा इक्कीस इस को तो ये पूरा जाके इक्कीस तक चला जाएगा तो अस्ट्रल मेरे तरफ से बाय है जब इक्कीस पार हो जाएगा तो 15 मिनट का चार्ट देख लेंगे तो पूरा क्लियरली यहां पे मेंशन हो रहा है लेकिन आर ही बता रहा है कि माया प्राइस में अभी उतना उछाल देखने के लिए नहीं मिलेगा वॉल्यूम में बहुत जोरों से तेजी देखने के लिए मिला है 15 मिनट चार्ट में हो सकता है कल या परसों के अंदर इसमें एक रैली देखने के लिए मिले नेक्स्ट जो स्टॉक है अतुल लिमिटेड चलिए अतुल को देखते हैं अतुल लिमिटेड फ्यूचर में अगर देखेंगे वीकली चार्ट में डायरेक्ट चला जाऊंगा. वीकली में क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे भी एक फॉलोइंग का पैटर्न बन रहा है ज़्यादा दिनों का यहाँ पे चार्ट नहीं है अगर लास्ट कैंडल देखें तो अक्टूबर 25, 2021 से ये कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है मतलब फ्यूचर में शायद नहीं था ये डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 200 का और 100 का 200 और ट्वेंटी 20 का क्रॉस हो चुका है प्राइस बार बार रिट्रेस हो रहा है स्टॉपलेस हम इसको मान सकते डेली कैंडल चार्ट में तकरीबन 89,000 नाइन सॉरी 9,000 थाउजेंड का स्टॉपलेस रख सकते हैं राइट यहां पे पता नहीं चल रहा है लेकिन आपको अगर डेली कैंडल चार्ट में बताऊं 9,005 9,600 के अबब आप ख़रीद सकते हो अगर टूटता है तो लेकिन यहां पे अगर आप क्लियरली देखोगे यहां पे कॉप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है तो वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से हमने देख लिया है कि यहाँ पर हाई अगर 500 या 600 का आप ले लग सकते हो इसको अगर तोड़ता है तो आप आ, 700 के लिए बाई कर सकते हो वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से लेकिन ट्रेडिंग के लिए तो वीकली चार्ट नहीं ले सकते वो तो पोजिशनल स्टॉक हो गया यहाँ पर भी वही दिखा रहा है रजिस्टेंस बार बार डेली कैंडल चार्ट में भी डाउन ट्रेंड में है मैं फिफ्टीन मिनट डायरेक्ट आ जाता हूँ आपको टारगेट एंड सपोर्ट ले देता हूँ ठीक है यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में एक डाउन ट्रेंड बन रहा है और उसी तरह ही मैं अगर ये दोनों लोगों को मिला दूं तो डाउनसाइड चैनल है तो जनरली जब ये ट्रेंड अपवर ट्रेंड है इसको तोड़ेगा लगभग मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर 551 तोड़ता है तभी जाके आप एंट्री कर सकते हो फिर भी इसमें ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 200 मूविंग एवरेज ऊपर है तो यहाँ पर हो सकता है उसको टच करके वापस आ जाए तो इस स्टॉक में औरबिंदो फार्मा में बाई साइड में मैं नहीं कहूंगा आप अगर काम करना चाहेंगे तो सेल साइड में आप काम कर सकते हैं सेल साइड में जब 538, 540 को तोड़ेगा तो आप सेल के लिए चले जा शॉर्ट कर सकते हो पूट ले सकते हो टारगेट आप रख सकते हो फाइव का ये सेल कॉल है फार्मा एफ एम में थोड़ा सेलिंग चल रहा है तो इसमें सेल में आप काम कर सकते हो देखिए हम ऑप्शंस में फ्यूचर में काम कर रहे हैं तो फ्यूचर स्टॉक और ऑप्शंस में काम करेंगे तो बाय सेल दोनों के साइड में हम काम कर सकते हैं ठीक है तो और मेरे हिसाब से और थोड़ा नीचे गिर सकता है इसको सेलिंग साइड में रखते हैं इसके बाद आते हैं एक्सिस बैंक का <coughs> देखिए वीडियोस आपको कैसा लग रहा है ज्यादातर तो लोग मुझे व्हाट्सएप करके बता रहे हैं प्लीज आप व्हाट्सअप मुझे मत कीजिए आप वीडियो में डालकर बताइए कैसा चल रहा है आपको कैसा लग रहा है अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्लियरली बताइए अगर अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं फ्यूचर चार्ट आप अगर देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही गैप डाउन गैप ओपनिंग ओपनिंग में ये ट्रेड हो रहा है इसमें इतना वॉल्यूम नहीं है मैं जितना देख पा रहा हूँ तो इस स्टॉक को फ्यूचर के लिए आप एवॉइड कर सकते हो वीकली चार्ट में यहाँ पर एक फॉलोइंग वेज बन रहा है और टोटल अगर अराउंड मैं पूरा सीरीज़ देखूँ तो यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा कुछ बन रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट बनेगा तो बहुत बड़ा तेजी देखने के लिए मिलेगा लेकिन मुझे नहीं लगता वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से यहाँ पे कोई तेजी मिलेगा यहाँ पे मुझे लग रहा है नीचे के साइड में ही ये खुलेगा क्योंकि 20 मूविंग एवरेज 200 को नीचे क्रॉस नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे ओ मुझे लग रहा है इसके ऑप्शन में कोई नहीं काम कर रहा है फ्यूचर में कोई नहीं काम कर रहा है मैं एक्सिस बैंक का स्टॉक ले लेता हूँ ठीक है स्टॉक में काम हो रहा है स्टॉक के हिसाब से बता दे रहा हूँ तो ऑलरेडी एक यहाँ पे हमने टारगेट लिया था वो अचीव हो चुका है डेली कैंडल चार्ट में अगर देखें प्राइस अपवर्ड जा रहा है और यहाँ पर आके फॉलिंग वेस्ट टाइप का कुछ बना है मैं इसको निकाल देता हूँ आवर्ली कैंडल चार्ट में आके आके दिखाता हूँ कि क्या हुआ है यहाँ पे चार्ट यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बन रहा है यही उसका नेकलाइन है नेकलाइन थोड़ा है या नहीं मैं क्लियरली आपको बताता हूँ इसमें पॉजिटिव साइड में एंट्री कर सकते हैं क्या यही सवाल है लोगों का तो सर पॉजिटिव साइड में एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है आवर्ली कैंडल चार्ट में देख रहा हूँ डबल बॉटम बनाया है इसको भी फॉलिंग वेज बना सकता हूँ मैं कैसे इस तरह से फॉलिंग वेज तो नहीं है डाउनसाइड चैनल है हम्म अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है रिट्रेसमेंट थोड़ा हो सकता है जैसे ही प्राइस यहाँ पर इसको क्रॉस करेगा तो प्रीवियस हाई जो बना था सत्रह उसके लिए चल पड़ेगा स्टॉक यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज नीचे आ रहा था 200 हंड्रेड मूविंग एवरेज को तोड़ने के लिए लेकिन नहीं तोड़ पाया मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं तोड़े तोड़ेगा यहाँ से वापस जा सकता है बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही अच्छा तेजी बन रहा है एक्सिस बैंक में आप बाई कर सकते हो टारगेट रख सकते हो सात सा अगर 756 फिफ्टी तोड़ फिफ्टी तोड़ता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक स्टॉक के बारे में एक्सिस बैंक हो गया अभी बीस आ गया हमारा बजाज ऑटो लिमिटेड ठीक है बजाज ऑटो देखेंगे अगर वीडियोस में कहीं दिक्कत आ रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्लियरली पूछ सकते हो मैं आपको हेल्प करूंगा बजाज ऑटो में क्लियरली देख सकते हैं एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बन रहा था और उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है बहुत ही सीरियसली पॉजिटिव है वीकली चार्ट के हिसाब से ठीक है वीकली चार्ट के हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव है नया है हाँ जो 4,337 उसको टच कर सकता है स्टॉपलस वीकली कहाँ पे लगाएंगे थ्री थाउजेंड पे ये मेजर स्टॉपलस है अगर आपको याद नहीं रहा आ रहा है तो पीछे थोड़ा करके आप रिवाइंड करके देखिए लेकिन मैं बहुत सारे स्टॉक्स कवर करने वाला हूँ इसलिए जल्दी जल्दी मैं बोलते जा रहा हूँ गौर से सुनिए पेन पेपर पकड़ के बैठिए जो मैं फिगर्स बता रहा हूँ नोट कर लीजिए ठीक है डेली कैंडल चार्ट को अगर नोट करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियरली एक डब्ल्यू पैटर्न बना है ओके डब्ल्यू पैटर्न बन के ब्रेकआउट हुआ है ब्रेकआउट होने के बाद नीचे रिट्रेस हुआ और फिर से भागा है प्राइस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखा है क्या प्राइस इसे इस लाइन को सीरियसली ले रहा है ठीक है छोड़िए अभी अगर मैं आवरली कैंडल चार्ट को चला जाऊँ तो और ही क्लियर आ जाएगा मेरे को हो क्या रहा है यहाँ पे यहाँ पे एक एसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है इस लेवल को प्राइस तोड़ नहीं पा रहा है 495 नाइन्टी फाइव फोर के पार अगर जाता है शेयर में बहुत जोरों से उछाल देखने के लिए मिलेगा ठीक है आप अगर ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल आप क्लियरली देख पा रहे होंगे मैं आपको टारगेट बता दे रहा हूँ जैसे ही 4,100 तोड़ेगा आप एंट्री कर सकते हो यहाँ पे किस लेवल पे क्या टारगेट बनेगा आपका सर आपका इस टारगेट पे 4,250 के टारगेट में आप बाई कर सकते हो सर बहुत ही अच्छा लेवल है स्टॉपलस कहाँ लगाएँगे स्टॉपलस लगाएंगे, लगाएंगे यहाँ पे जहाँ पर ज़्यादातर कैंडल्स बुक रहे हैं ठीक है मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ यह वाला आपका स्टॉपलस हो गया ठीक है 4,055 का स्टॉप स्टॉपलेस है 4,100 थाउजेंड क्रॉस करता है तो आप एंट्री कर सकते हो कहां तक कौन से टारगेट तक 4,250 का बहुत ही अच्छा मिला हमको बजाज ऑटो ऑटो सेक्टर बहुत ही तेजी में है एंट्री कर सकते हैं दो तो पैसा कमा सकते हैं बता दे रहा हूं बी सेगमेंट से, में पहला बी कंपनी में अच्छा स्टॉक मिल गया हमको बजाज ऑटो उसके बाद बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फिंसरोल्स बजाज फिन बजाज फिंसर फ्यूचर देखेंगे हम डायरेक्ट वीकली में जाएंगे बहुत जोरों से गिरा था ये स्टॉक अगर ये आपको याद होगा तो ना, बीच में बहुत जोरों से गिरा था पिटा था मिल गया आपको ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया था ब्रेकआउट होकर रिट्रेस होके फिर से वापस भाग रहा है स्टॉक पकड़ना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर बहुत ही तेजी देखने के लिए मिल सकता है डेली कैंडल चार्ट यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है ये हाई पे बार बार आके रिट्रेस हो रहा है प्रा, प्राइस ठीक है तो सार्प रजिस्टेंस है कहाँ पे सर ये वाला सार्प रजिस्टेंस है 17210 का दो इस, इसको अगर तोड़ता है क्रॉसओवर हो चुका है डेली कैंडल चार्ट में इसको अगर तोड़ता है सर आपको नया हाई देखने के लिए मिल सकता है कहां तक बताता हूं मैं आपको ठीक है आपको टारगेट यहां ले सकते हैं अठारह उसके बाद और कहां तक जा सकता है सर हर प्रॉब्लम का उपाय है हमारे पास अच्छा ये नहीं हो पा रहा है ठीक है कोई बात नहीं और एक डाउन सीरीज लेंगे ये सब टूल्स यूज करना बहुत ही आसान है जब आप कोर्स ले लेते हो तो उन्नीस जा, जा सकता है स्टॉक यहां से भागेगा बहुत जोरों से भागेगा मैंने तीन, तीन तीन आपको बता दिया है टारगेट्स स्टॉपलस कहाँ लगाएंगे स्टॉपलस हम वन ओवर में लेंगे ठीक है प्राइस जैसे तोड़ेगा 17,210 डायरेक्ट अठारह 18,100 तक जा सकता है और वहाँ पे थोड़ा रिट्रेस होगा 18,100 तोड़ेगा तो 19,600 तक जा सकता है स्टॉपलस कहाँ लगाएंगे सर सिंपल सा स्टॉपलस है छोटा सा स्टॉपलस है सोलह हजार छः सौ अस्सी छोला का स्टॉपलस आप रख सकते हो कोई बात नहीं प्राइस थोड़ा रिट्रेस होगा उसके बाद तोड़ के जा सकता है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेस फिन रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करेंगे रेजिस्टेंस के नीचे नहीं बता दे रहा हूं जो ब्रेकआउट लेवल में बता रहा हूं उसके ऊपर ही बाय करेंगे ओके मैं इसको लेके बुलिस हूं लेकिन ब्रेकआउट होना चाहिए 15 मिनट चार्ट के हिसाब से भी वही दिखा रहा है कोई बात नहीं जैसे ब्रेकआउट मिलेगा आप एंट्री कर सकते हो ठीक है बजाज फिनेंशियल सर बजाज फाइनेंस लिमिटेड ठीक है देखते हैं इसको बजाज फाइनेंस देखिए जो लोग स्टॉक्स भी लेके पकड़े हुए हैं उनको भी ये हेल्पफुल हो जाएगा उनको भी टारगेट स्टॉपलस पता चल जाएगा जो पोजिशनल शेयर्स लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस बना रहा हूँ इतना एनालिसिस अगर दो तीन स्टॉक का भी एनालिसिस कोई देता है तो वो आपको चार्ज करता है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बता रहा हूँ चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करें प्लीज़ बहुत मेहनत लग रहा है सवेरे से बना बना के ये सब गला बैठ गया है हाँ और एक बात भी है ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हो रहा है या नहीं इसको भी ट्रायल करना है तो ट्रैक में रखिए जो जो फिगर्स मैं बता रहा हूँ रेजिस्टेंस पे वीकली कैंडल चार्ट टच करके आया है टच करने से बाद क्या पैटर्न बना है बियरिस पैटर्न बियरिस अबंडन बेबी बना है उसके बाद बहुत तेजी से उछाल बना है यहाँ पे वीकली कैंडल चार्ट तो रिजर्व दिखा रहा है बाइसेल को सिग्नल नहीं दिखा रहा है डेली कैंडल चार्ट में हाँ यहाँ पे कुछ नज़र आया हवली में आऊँगा तो आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा था ये रेजिस्टेंस लेवल है इस रेजिस्टेंस लेवल को आज तोड़ा है सवेरे सवेरे 30 अगस्त को तोड़ने के बाद बहुत ही ज़ोरों से वॉल्यूम वॉल्यूम उसके बाद फिर से ऊपर गया है आप अगर क्लियरली देखोगे तो यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है इस टारगेट तक जा सकता है सात का टारगेट लेके आप बाई कर सकते हो इसको शॉर्ट टर्म के लिए जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं जब तक ये हाई नहीं तोड़ देता तब तक नया हाई नहीं बनाएगा कौन सा हाई ये वाला है 7690 7700 का हाई अगर तोड़ता है तो नेक नया हाई बनाएगा कितना हाई बनाएगा ये भी बता दू चलिए बता देता हूँ सर यह टारगेट फिगर सब याद रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर बाद में टारगेट जब अचीव होगा मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा लेके तो अच्छी बात है 9,800, 9,800 का टारगेट बनेगा यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देगा तो 15 मिनट चार्ट के हिसाब से आप अगर खरीद रहे हो तो 9,000 अभी के लिए ये टारगेट है पहला 7,550 और उसके ऊपर 7,690 ये दो टारगेट के लिए बाय कर सकते हो स्टॉपलस कहाँ लगाएंगे वीकली का नहीं बता रहा हूँ जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ स्टॉपलस स्टॉपलस सात हजार दो मतलब 7260 का आप लगा सकते हैं। चलिए सर्विसेज हो हो गया, फिनसर्व दो सौ तेहत्तर मतलब इंडस्ट्रीज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का फ्यूचर देखेंगे वीकली चार्ट से शुरू करेंगे क्या है वीकली चार्ट सीरियसली यहाँ पे बहुत ज़ोरों से गिरावट देखने के लिए मिल रहा है आप अगर वीकली चार्ट को देख पा रहे होंगे यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का कुछ बन रहा है मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है मैं ट्रेंड लाइन खींचूँगा देखूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ हो रहा है या नहीं सर ये वाला एक ब्रेकआउट मिला था लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेंड नहीं कर पाया नीचे आ गया है अभी जो डाउन अभी मुझे डाउन ट्रेंड ही लग रहा है और नीचे आ सकता है डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक हैड एंड शोल्जर पैटर्न टाइप का एक पैटर्न बना है मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड इसको डाउन ट्रेंड सिग्नल बता रहा हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने वीकली कैंडल चार्ट में ही बता दिया था डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे 200 को 20 मूविंग एवरेज क्रॉस करने वाला है सेल साइड में काम करेंगे सेलिंग के लिए अच्छा स्टॉक मिल गया आप पुट खरीदना चाहते हैं तो इस इस्टॉक का पुट ले सकते हैं स्टॉपलस स्टॉपलस कहाँ लगाएंगे स्टॉपलस लगाएंगे इक्कीस सौ चार का इक्कीस का इक्कीस लगा सकते हैं स्टॉपलस टारगेट कहाँ तक रखेंगे टारगेट रिसेंट लो ये वाला सीरियसली अठारह 1892 एटीन हंड्रेड नाइन्टी का स्टॉपलस लगा सकते हैं 1892 मतलब 1900 सपोज ले लीजिए मतलब डेढ़ रुपए का टारगेट और स्टॉपलस है आपका पचास रुपए का आराम से पुट खरीद के बैठिए स्टॉपलस मेंटेन करके छोटा सा लॉस दुगना प्रॉफिट हो गया 15 मिनट चार्ट देखेंगे चलिए देख लेते हैं उसके हिसाब से स्टॉपलेस और टारगेट और भी छोटा हो सकता है क्लियर है प्राइस डाउनसाइड जा रहा है फिर से राइजिंग वेज बन रहा है राइजिंग वेज इज ए बेयर पैटर्न सिंपल सी चीज़ है कब सेल करना है जैसे ही ये लो तोड़ेगा तब तक वेट नहीं करना है यहाँ पे भी सेल कर सकते हो स्टॉपलेस कहाँ रखोगे हल्का सा ऊपर छब्बीस के ऊपर छब्बीस के ऊपर भी स्टॉपलेस रख सकते हो और डाउन ट्रेंड के लिए वेट कर सकते हो ठीक है ये हो गया आपका बालकृष्ण इंडस्ट्री इसके बाद देखेंगे बलरामपुर चीनी बलरामपुर चीनी इसमें भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर में है या नहीं अभी मुझे पता नहीं है आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिएगा पहले था वो माय गॉड डाउन ट्रेंड में चल रहा है क्या हुआ है यहाँ पे सीधा डाउन ट्रेंड मैंने खींच लिया सेलिंग के साइड में काम करेंगे मेजर स्टॉप सपोर्ट में है डेली कैंडल चार्ट में हमको पता चल जाएगा क्या होने वाला है सर नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं इससे कुछ नहीं हो सकता कब सेल करेंगे जैसे ही ये पैटर्न तोड़ेगा जैसे ही 325 का जो लेवल है उसको तोड़ेगा सेल साइड में काम करेंगे अभी बाई सेल कुछ नहीं बता सकते फिफ्टीन मिनट चार्ट देखेंगे 15 मिनट चार्ट में भी फ्लैट बता रहा है ठीक है 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ ये है और ये आपका ये है सर इसके इसके अंदर ट्रेड होगा कॉल पुट बेचना चाहते हैं तो दोनों बेच के प्रीमियम खा सकते हैं कुछ दिनों तक प्राइस इसी के बीच में रहेगा मैं ज़्यादा कहूँगा कि कॉल बेच दीजिए कॉल बेच के इंट्राइडे में पैसा कमाइए निकलिए कोई भी पोजीशन ओवरनाइट मत लीजिए ये सारे स्टॉक्स अपर सर्किट लोअर सर्किट देने में बहुत माहिर है हो सकता है आपके लेने के देने पड़ जाए अभी ये हो गया बलरामपुर चिनी बी का अल्फाबेट चल रहा है हमारा बलरामपुर चिनी के बाद आ गया बंधन बैंक लिमिटेड बंधन बैंक बैंक में बहुत अच्छा तेजी देखने के लिए मिला है देख लेते हैं बंधन बैंक को भी फ्यूचर्स हम देखेंगे पहले वीकली हम पोजिशनल ट्रेंड देखेंगे क्योंकि मैं फिर से स्टॉक्स में आते आते लगभग पंद्रह दिन लग जाएगा क्योंकि एक स्टॉक हैं सबको कवर करना है मेरे को ठीक है ये चैलेंज मैंने आपके लिए लिया है मैं आशा करता हूं आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे मिल गया सेमेट्रिक ट्रायंगल बंधन बैंक में इसके अंदर ट्रेड हो रहा है वीकली कैंडल चार्ट के अंदर अगर देखें तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न डाउन ट्रेंड मुझे लग रहा है ठीक है डेली कैंडल चार्ट में आएंगे 200 मूविंग एवरेज के नीचे 20 मूविंग एवरेज है यहाँ पर राइजिंग वेज बन रहा है बहुत ही शानदार राइजिंग वेज एक बैरिस पैटर्न है प्राइस अगर तोड़ता है आपका दो हो सकता है नीचे और भी जोरों से गिर सके मार्केट का सपोर्ट है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है लेकिन मेजर सपोर्ट है 260 का ठीक है डेली कैंडल चार्ट में 260 का मैं एक सपोर्ट ले लेता हूं आपके लिए कोई भी चार्ट आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मैं आपको चार्ट शेयर कर लूँगा मेरा ये नीचे की तरफ से टारगेट्स हैं मैं बाई साइड में नहीं कहूँगा सेल साइड में ही हम काम करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए जो आ, इन्वेस्टर्स हैं जो होल्ड करके रखे हुए हैं उनके लिए अलग है कोई बात नहीं उनके लिए बाद में बात कर लेंगे उनका फंडामेंटल्स फोकस होना चाहिए नहीं सर मुझे ये तो बैरिस लग रहा है जैसे ही तोड़ेगा 270 नीचे की तरफ 260 एंड 230 तक गिर सकता है स्टॉक ठीक है तो बंधन बैंक को आगे नहीं देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में भी ये बैरिस है यहाँ पर भी एक राइजिंग वेज बन रहा है सीरियसली ये स्टॉक बहुत ज़ोरों से गिर सकता है अगर टू का जो आ, 270 का जो सपोर्ट है इसको तोड़ दे तो बहुत जोरों से गिर सकता है ठीक है अगर आप बाई के बारे में इसके स्टॉक में सोच रहे हैं तो अभी के लिए बाय नहीं है ट्रेंड नेगेटिव है और राइजिंग वेज बन रहा है बार बार बता रहा हूं राइजिंग वेज एक बैरिस पैटर्न है ठीक है बंधन बैंक कर, कवर हो गया अभी चलते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा एक समय में, में मेरा फेवरेट शेयर हुआ करता था 2017-18 में बहुत ट्रेड किया इस है इसमें मैंने ठीक है बीओबी बीओबी बी बी हाँ बी फ्यूचर सॉरी फ्यूचर बी, -बी फ्यूचर आ गया यह ये एस सी का क्यों दिखा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा एन एस सी ओके अभी वीकली पैटर्न चार्ट देखेंगे आप समझ पा रहे हैं क्यों मैं वीकली देख रहा हूँ बार बार वीकली देखने से हमको सपोर्ट एंड रजिस्टेंस मिल जाएगा राइजिंग वेज राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है जितने भी टारगेट दिए थे सब अचीव हो चुका है यहाँ पे एक रजिस्टेंस जोन में है बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से वापस आ सकता है डेली कैंडल चार्ट वीकली कैंडल चार्ट के हिसाब से ब्रेकआउट दिया तो प्राइस ऊपर जाएगा आराम से आपका ब्रेकआउट दिया तो आपका 158 लेके चलिए और उसी तरह वापस आया तो मैंने ऑलरेडी लेवल्स यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है नीचे के तरफ 117 उसके बाद 108 सौ के साइड में डेली कैंडल चार्ट में देखिए ये क्या पैटर्न बना रहा है डेली कैंडल चार्ट में ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको तोड़ चुका है अगर रिट्रेस होता है प्राइस एक तक रिट्रेस हो सकता है यहाँ पर डेली कैंडल आवर्ली कैंडल चार्ट में बुलिस ट्रेंड बन आ रहा है तो मैंने ऊपर की तरफ जो टारगेट दिया हुआ है उस टारगेट के लिए आप बाई करके रख सकते हो नेक्स्ट अगर 15 मिनट कैंडल के चार्ट के बारे में देखें तो यहाँ पर भी बाई दिखा रहा है तो मैं आपको तुरंत ही नज़दीकी एक रजिस्ट दे दे रहा हूँ जहाँ पर आप टारगेट ले सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा का तो मेज़र वन है वन 140 का आप टारगेट लेके चलिए ठीक है 140. वीकली और डेली कैंडल चार्ट में बैरिस है और 15 मिनट आवरली कैंडल चार्ट में बुलिस है तो अभी हो सकता है फिलहाल एक दो दिन के लिए पॉजिटिव जा सके अगर जाएगा तो ट्रेंड लग जाएगा नहीं वापस आ गया तो एक सौ तक या फिर 108 तक गिर सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा पंद्रह मिनट चार्ट में आप अगर देखोगे आर एस के ऊपर है मैं थोड़ा आर को भी सेट कर देता हूँ ओके अरे सर बाइंग ऑप्शन दिखा रहा है कोई बात नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया अब चलेंगे बाटा इंडिया लिमिटेड के लिए बाटा इंडिया लिमिटेड शूज में बहुत तेजी देखने के लिए मिला था लास्ट ईयर अभी भी बरकरार है तेजी देखेंगे वीकली कैंडल चार्ट में आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ पा रहे हैं तो और कुछ नहीं चाहिए ट्रेडिंग में यही सबसे ज्यादा काम करता है सर रजिस्टर तोड़ा है हाई बनाया था फिर रिट्रेस होके वापस जा रहा है सर बुल ट्रेंड शुरू हो चुका है इसमें वीकली चार्ट में आपको मैं बता दे रहा हूं ये लगभग दो हजार एक तक जा सकता है 2100 तक जा सकता है डेली कैंडल चार्ट में देखेंगे डेली कैंडल चार्ट में थोड़ा बेरिस लग रहा है यहां पे जब तक ये हाई नहीं तोड़ता उन्नीस नहीं तोड़ता तब तक इसमें एंट्री नहीं करें डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से आओ कैंडल चार्ट के हिसाब से क्या देखेंगे सर अगर यहाँ से प्राइस वापस आ गया ना फिर से नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाएगा क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है हम्म, तो मैं इसमें बाय रेकमेंड करूँगा जब उन्नीस सौ नब्बे को क्रॉस करेगा उससे पहले बाय नहीं करना है ठीक है 15 मिनट चार्ट में भी लगभग बहुत तेजी देखने के लिए मिल चुका है रजिस्टेंस लेबल है यहाँ पर भी नाइनटीन और टू का फिलहाल के लिए स्टॉक ओवरबॉल जोन में है इसको हाथ मत लगाइए अगर रजिस्टेंस तोड़ता है वन उसके बाद इसमें आप ट्रेड कर सकते हो बाई करोगे सब स्टॉक वहाँ पर अगर वन नाइन्टी में बाई कर रहे हो तो स्टॉपलस कहाँ पे लगाओगे फिलहाल के लिए 1930, 1940 नाइनटीन फोर्टी का स्टॉपलस लगा के इसमें बाई कर सकते हो 1990 के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा सॉरी बाटा इंडिया भी कवर हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल वीकली कैंडल चार्ट में जाएंगे बेल देखेंगे बेल अरे बॉस बहुत बाकी है अभी स्वाओ पूरे नहीं हुए लगभग एक सौ नब्बे हैं हम अभी बीस नंबर पे हैं लगभग तीन चार दिन लगेंगे मुझे कवर करने के लिए सारे ओके बेल में एक एक खूबसूरत सी तेजी पता नहीं लोगों के आंखों के सामने ये स्टॉक कभी आया है नहीं ये ब्रेकआउट दिया था तकरीबन इक्कीस जून से तब से ये किसी को देख ही नहीं रहा ऊपर जा रहा है ओवरबॉड जोन में है वीकली कैंडल चार्ट में यहाँ पे एक पैटर्न बना सकता है पोजिशनल बाई के लिए अवॉइड करें डेली कैंडल चार्ट में भी ओवरबॉड जोन में है और ट्रेंड पूरा मतलब किसी को देख ही नहीं रहा वापस बहुत तेजी से जा रहा है सर ऐसे ट्रैप्स में आप फंस सकते हो ऐसे तेजी नहीं मिलते हैं ये सपोर्ट लाइन है रिसेंट अगर आप बाई साइड में हो टू अगर तोड़ता है तो निकल जाइए बस टू याद रखिए 298 अगर तोड़ता है तो निकल जाइए बहुत लेने के देने हो सकते हैं उसी तरह अभी भी एक अब वन आवर तो नहीं देखेंगे पंद्रह मिनट चले जाते हैं पंद्रह मिनट में अगर बाई करना चाहते हैं तो यहां पे एक पैटर्न बाई करने के लिए बना हुआ है ये हो गया सपोर्ट ये हो गया रेजिस्टेंस ठीक है अभी अगर बाय करना चाहते हैं देखिए यहाँ पे फॉलिंग वेज बन रहा है पंद्रह मिनट में तो मैं बाई रेकमेंडेशन नहीं करूंगा सेल रेकमेंड करूंगा जैसे ही तोड़ता है 305 305 तोड़ेगा तो डायरेक्ट आप टारगेट के लिए 295 98 का टारगेट लेके बाई कर सकते सेल कर सकते हैं तो बेल में बाई साइड में मत जाइए हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले अगर बाई साइड में जाना चाहते हैं तीन के ऊपर आप बाई साइड में जा सकते हैं लेकिन इसको एवॉइड करिए बाई साइड में बहुत तेजी देखने के लिए मिल चुका है आने वाले समय में गिर सकता है प्राइस बेल खत्म हो गया बेल बेल कहा गया बेल बचाज फाइनेंस बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया बर्गर बेल हो गया बर्गर पेंट बर्जर पेंट को देखेंगे बर्जर पेंट फ्यूचर वीकली कैंडल चार्ट बहुत ही अच्छा शेयर है मैंने बहुत लोगों के लिए ये खरीद के रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट में फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं इसमें भी एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है ब्रेकआउट होके रजिस्ट होके वापस आ रहा है सर वीकली कैंडल चार्ट में एक बाइंग सिग्नल मिला है ये जो पैटर्न बना है इसको बोलते हैं बुल्लिस प्राइसिंग लाइन प्रिसिंग लाइन एक हाई रिलेबल दो कैंडल्स में ही आपको पता चलता है इसमें बाई एंट्री कर सकते हैं कहाँ पर बाई एंट्री करें बाई एंट्री छः के ऊपर तेजी पकड़ लेगा ये 685 के ऊपर तेजी पकड़ लेगा अब के लिए क्या करें अब के लिए डेली कैंडल चार्ट देखते हैं डेली कैंडल चार्ट में भी बाइंग के लिए रेडी हो गया है 200 हंड्रेड मूविंग एवरेज वही 285 दिखा रहा है ये रजिस्टेंस अगर तोड़ दिया रॉकेट हो जाएगा शेयर बॉस बर्जर पेंट रॉकेट हो जाएगा अगर यहाँ पे देखे तो क्या पैटर्न बना रहा है सिंपल कॉप बना रहा है यहाँ पर हैंडल बनाएगा और तोड़ेगा कितना टारगेट ले सकते हैं टारगेट सर फिलहाल के लिए आप 745 745 740 तक टारगेट ले सकते हैं दूसरा टारगेट 790 का टारगेट ले सकते हैं सर बाई है दो तीन दिन के लिए अब चौपी रह सकता है लेकिन कॉल साइड में आप एंट्री कर सकते हो बर्जर पेंट्स अमेजिंग शेयर फंडामेंटल अमेजिंग है हाई पी में मिलेगा हाई पी में हमेशा रहता है वॉल्यूम देखिए नीचे वॉलीम बार भी बहुत अच्छा बनाए बाई के लिए अच्छा शेयर मिल गया आपको डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से पंद्रह मिनट चार्ट देखेंगे पंद्रह मिनट चार्ट में 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो चुका है और यहां पे सपोर्ट ले रहा है राइट पंद्रह मिनट के चार्ट के हिसाब से कहां से बाई कर सकते हैं चौपी देखने के लिए मिल सकता है मार्केट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है जैसे ही जैसे ही सिक्स तोड़े मैंने तो सिक्स पोजिशनल बताया है सिक्स सेवेंटी फाइव के ऊपर अगर जाता है तो पकड़ लीजिए झपट लीजिए सिक्स एटी फाइव और उसके ऊपर जो जो टारगेट मैंने बताया है वो टारगेट अचीव करेगा स्टॉप स्टॉपलस कहाँ लगाएंगे स्टॉप स्टॉपलस अगर अभी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिक्स सेवेंटी का स्टॉपलस लगा सकते हैं पाँच नीचे कॉल पुट में काम कर रहे हैं तो कॉल बाई कर सकते हैं पोजिशनल में अगर सेम डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो पुट पुट सेल कीजिए अच्छा पैसा मिल सकता है यहां पे मैं रेकमेंड करूंगा कल के लिए पुट सेल कर सकते हो कल मार्केट ऑफ है शायद तो परसों के लिए चलिए आपका पंद्रह फ्यूचर स्टॉक मैंने कवर कर लिया कल मैंने पंद्रह किया था और आज पंद्रह कर लिया तो लगभग आपका तीस फ्यूचर स्टॉक कंप्लीट हो गए हमको कवर करना है कितना हमको कवर करना है सर वन नाइन्टी फोर ठीक है कोई बात नहीं तीन चार दिन लगेंगे सारे फ्यूचर स्टॉक मैं कवर करूंगा थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक